हेलो दोस्तों कैसे हो आप स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में माई व्लॉग में और ये मेरा दोस्त है हरेंद्र सिंह रावत और आज हम आए हैं तपोवन में घूमने के लिए देहरादून में तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ हम दिखाएंगे ऑन रोड पर कैसे कैसे हैं रास्ते में क्या क्या हमें मिला किन से मुलाकात हुई और यहाँ पर ये यह आप देख सकते हैं चारों तरफ में खूबसूरत नज़ारा है पेड़ ही पेड़ है चारों तरफ इसके नीचे अभी हम जाएंगे यहाँ ढलान से नीचे नीचे नीचे देखते हैं जंगल में क्या क्या मिलेगा और जो भी मिलेगा वो आपको इस वीडियो में दिखाई दे जाएगा da Okay yeah. का उपर चढ़ाई नहीं है ना नहीं चाहे तो फिर चल रहे वो, कर, न, तो वो हो गया इसका एक गिनबल ला होंगे तीन चार हज़ार रुपये का आ जाएगा गिम्बल ना तो उससे जो हिल रहा ना थोड़ा बोट भी तो हिल रहा वो हिलना बंद हो जाएगा हाँ हाँ वो इटे बंदी है ना वहाँ तक हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे काम काम देखिए सारी चीज़ हिलना धुलना बंद हो जाएगी कहा पैदल कहीं वो वक्त है बढ़िया वो होगा कहीं नहीं नदी में दी का नहीं है क्या की बाढ़ अच्छा भाई नदी नदी का हो ना तो ज्यादा भी निश्चित क्या करना डीएसएल क्या करना डी एस एल आर वैसे लेंगे कैमरा दूसरा अरे आई पैड लेंगे आई पैड मुझे कितना तो खतरनाक आएगा सिक्स तक शूज कर सकते हैं हम जाने वाले हैं पहाड़ के नीचे और देखते हैं क्या मिलता है हमें और वो आपको वीडियो में दिख जाएगा थैंक यू सो मच चलिए चलते हैं चलो भाई देखते हैं क्या क्या मिल ओह तो बहुत ही खतरनाक है कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं उठाएगा हमारी गा। hmm? देखते हैं कितना मज़ा आएगा आज अरे हरेंद्र कहीं पैर पूर्ण न टूट जाए मारे है डंडा तो डंडा ले ले कहीं पता चल रहा ओहो देखिए दोस्तों ये कितना गहरा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम खड़े हुए हैं नीचे ये पूरा का पूरा एकदम से ढलाना है अगर यहाँ से पैर फिसल जाए तो शायद हड्डी पसली टूटे बिना नहीं रहेगी ये बहुत नीचे है यहाँ से उतरना बहुत ही मुश्किल है उतर भी सकते हैं लेकिन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा चलिए चलते हैं इधर हरेंद्र इधर चलते हैं हाँ एक डंडा उठा ले हरेंद्र उठा ले कहीं ना कहीं कभी कुछ मिली जा। ए, जंगल है भाई कुछ नहीं पता यहाँ कुछ भी हो सकता है कहीं पता बना कहा सामने दिखाएंगे जोंबी हो जाता है ऐसे ऐसे ऊपर ना ना करोगे नीचे नीचे करना पड़ेगा कितना गहराई में जाना और गाड़ी का हेलमेट उठाएगा कोई है यार। <laughs> ना की तो नहीं उठाएगा <laughs> <laughs> कोई आगे ना जैसे भाग हो गए बाघ, पेड़ पर चढ़ जी, चढ़ने तो नहीं पेड़ पे पर... हाँ बाघ तो है देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर फिल्मों की शूटिंग हो जाए तो मजा ही आ जाए ये देखे वहाँ तो से आए हम ऊपर से बहुत ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर से देख पा रहे होंगे आप चारो तरफ हमारे कोई नहीं है बस हम दो है एक हरेंद्र है और एक, ना एक ना हमारे भाई जी हैं नजारा है, है यहाँ पे नीचे ज्यादा दूर भी या। तो या नहीं जाना यहाँ क्योंकि आप पता, <laughs> पता चलेगा हमें अभी नहीं, नहीं बोला मैं बाघ का नाउ हाँ ये वाला पेड़ था वो इसके पेड़, पे तो पेड़ लगे थोड़ा देखते, आजे आजे तो वाले जंगल में ज़्यादा जूम हो गया इसमें कपड़े गंदे हो गए तुम्हारे पीछे से हल्के कपड़े गंदे हो रहे हैं पेड़ पे भी नहीं चढ़ सकते हम आज हम जंगल की तरफ जा रहे हैं और यहाँ डर भी लग रहा है बहुत वैसे एक पत्थर आ गया है अरे बड़ा बड़ा वाला पत्थर बाबरे यहाँ तो, तो, तो, तो ज्यादा गर्मी लग रही आ, तो उस लट्टे से कुछ नहीं होता मेरे भेजे <गे> लट्टे से कुछ नहीं होगा उस लट्टे से फोटो तक तो खींच लेंगे डर भी लगा यहाँ <laughs> दोस्तों का नजारा देखते हुए तो कितनी रही? जंगल एरिया, तो कोई आता भी नहीं, हम घुस रखे ज्यादा दूर आते यहाँ है डर जरा नदी नदी तो नहीं है, वो नदी नहीं होती यहाँ यहाँ आवाज चल, चलो वापसी चल रहे हाँ भीड़ अभी बनती रहेगी ठीक है। दोस्तों जंगल का नज़ारा तो देख ही रहे होंगे आप वैसे <laughs> तुम आप भागे जा रहे मैं तो मैं तो पीछे से है <laughs> दोस्तों नज़ारा तो मस्त है यहाँ पे <laughs> गांव में नहीं होते थे पथेले पथेले बोलते इनको ना बहुत काम आते हैं यहाँ देखो ऐसे ही हैं हमारे यहाँ होते, होते तो अब तक साफ होते कल की ट्रिप में कहा जाने कल का ट्रिप देखते हैं कहाँ चलते हैं कल कल और तो लेते नहीं लक्ष्मण झूला लक्ष्मण झूला नहीं यार वहाँ रहे हैं है। नहीं जाएंगे तो जरूर जंगल रायपुर के जंगल <laughs> कल चलो भाई चलो देखो ये दोस्त भी है हमारा स्वास्थ्य किए जा रहा है साथ में हमारे घूमने के लिए और देखते हैं थोड़ा बहुत नीचे जाकर देखते हैं क्या मिलता है वैसे यहाँ जड़ी बूटी तो मिल सकती है जिसकी हमें जान पहचान नहीं है तो चलिए चलते हैं नीचे कुछ है शायद यहाँ पर ढलान है ये सूखे पेड़ पड़े हुए हैं यहाँ पर ये यह देख सकते हैं आप लकड़ी पड़ी हुई है ये देखो कितने पुराने पर यहाँ पर ये चूल्हा भी है जिसने किसी ने खाना बनाया होगा गया और तो देखो चलिए चलिए चलिए चलते हैं आज हम थक भी गए वैसे चलते चलते ये देखिए यहाँ पर देखिए कुछ रहा नीचे का ये ढलान ढलान ही दलान है नीचे और ये बाप रे देखिए कितना बड़ा पत्थर बड़ा हुआ है आरा, <laughs> आरा, चलना इसके भाई की फोटो वोटो ले दे एक दो भाई अकेले से तो इससे ले नहीं जाने की हम्म <laughs> एक दिन मैगी का ट्रिप बनाएंगे मैगी बनाने के लिए गैस वगैरह लेना पड़ेगा छोटा ले हरेंद्र तो भाई आगे हम घूमते हुए मजा आया शांति है, है वीडियो देते रहेंगे हम आपको लगातार बार बार दोस्तों ये आ चुके हम यहाँ पर बाल भद्र कालंगा युद्ध स्मारक इस ये इसका मेन गेट है और ये सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे ये स्मारक बना हुआ है देख सकते हैं आप मैं आपको यहाँ चारों तरफ दिखाऊंगा चारों तरफ जो है डाउन ही डाउन है इस तरह से पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको चारों तरफ गहराई नजर आएगी ये सबसे ऊँची जगह पर बना हुआ है स्मारक जो है यहाँ से देहरादून का व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर चढ़कर ये देखिए आप चारों तरफ से यहाँ पर और ये दोस्त हैं हमारे ये मध्य प्रदेश से आए हैं नाम क्या है आपका साश्विक। साश्विक नाम है इनका और ये देखिए आप एमपी से यहाँ पर आए घूमने के लिए और देखिए आप चारों तरफ यहाँ पर देखिए कच्चा रास्ता है यहाँ पर जाने का वैसे नीचे जा सकते हैं यहाँ चारों तरफ से और ये देखिए यहाँ पर सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहे है ये आपको ये सामने मसूरी के पहाड़ है इधर ये देखिए ये देहरादून का यहाँ से व्यू दिखाई दे रहा है और ये रहा इसका स्मारक इसके अंदर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है और इसके बाद हम इसके ऊपर चलेंगे ऊपर क्या है ये केवल यहाँ पर चढ़ने के लिए बनाया गया है देखने के लिए कि यहाँ का हम नज़ारा कैसे कैसे देख सकते हैं देखिए एक अंदर होल है इसमें जिसमें अगर बारिश बारिश पानी वानी आ जाए कभी तो यहाँ पर रुक सकते हैं या खड़े हो सकते हैं देख सकते हैं उस चीज़ को और चलिए अब दिखाता हूँ आपको ऊपर से कैसा लगता है कैसा नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक स्मारक है काफ़ी बड़ा है और इसके नीचे भी आप एंटर कर सकते हैं ऐसे इस तरह से बाहर निकल सकते हैं ये नज़ारा है कुछ थोड़ा चारों तरफ से अगर आप देखें तो पेड़ ही पेड़ ये देखें ये देखें इतना गहराई में है और यहाँ पर आते आते हमें सांस भी चढ़ गया चलिए थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में थैंक यू